मैं आपको दिखाता हूं कि थोरगो में क्या डाइट दे रहा हूं ट्यूज ट्यूज तो नहीं आज देखो अभी थोड़ा घूम के आया था बाहर मॉर्निंग वॉक से आया मम्मी इसको इसको रोज सुबह दही दही देती है है घूम के हैं ना तब ये ये ये बड़े वाला एक, एक कटोरा इसको दही मिलती है। क्यों है इसे सारा दिन जो भी खाना खाता ना, रहता है नाइजेस्टिव सिस्टम ठंडक रहती है इसके तो अब इसके बाद इसे मिलेगी इसकी जो पहली ऑफिशियल मील है वो मिलेगी इसको नौ बजे के आसपास पास साढ़े आठ नौ बजे के आसपास तो मैं वो कवर ने दही खा ली है थोड़े खाली थोर ने दही ये देखो दही लगी हुई है इसकी चलो फिर अब ये दही खा ली अब इसके बाद इसकी जो फर्स्ट ऑफिशियल मील है वो देंगे इसे ये थोड़ खा रहा है एप्पल और इसने मांग के लिया है पापा से ऐसे भक्के मांगता है ये और ये रहा तेरा एप्पल खा ले तोड़ ने एप्पल भी खा लिया ये बादाम भी खाता है एप्पल भी खाता है तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने थोड़े को जो होममेड फूड है इस पे क्यों ले गया है थोड़े को ठीक है रोय आप सबको पता है कि थोर को मैं रॉयल कैनन मैं जो पैकेज फूड होता है ये दे रहा था ये अब फोर फोर मंथ्स का मतलब साढ़े चार महीने का हो गया अब महीने का होने वाला है ये ठीक है तो चार महीने तक मैंने इसको पैकेज फूड दिया रॉयल कैनन और साथ में चिकन वगैरह एक वगैरह तो चल ही रहा था इसका ठीक है तो मेरे को यूँ लगा कि ये बोर हो रहा था उस खाने से मतलब वो उसको मतलब इतने अच्छी तरीके से नहीं खा रहा था ये तो इस वजह से मैं इसको होममेड फूड पे लेके आया हूँ फूड में हमने पहले भी डॉग्स पाले हुए हैं और जो कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया जो जर्मन शेफर्ड हम मिल आए थे जिनसे उसका अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले वो वीडियो देखो क्योंकि वो बहुत अच्छा ब्लॉग था उसमें मैंने जर्मन शेफर्ड से मिल आए थे जो मैंने पहले रखे हुए था ठीक है तो उसका आई बटन में लिंक दे देते हैं हम अभी मैं लिंक लिंक दे दूंगा ये रहा इस आई बटन में लिंक आ जाएगा तो अब बताता हूं मैं थोर को ये क्या क्या दे रहा हूँ मैं मतलब कि ठीक है पहले तो मैं बता देता हूं कि कोई भी डाइट ना फिक्स नहीं है जैसे अब मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें मैं थोर को जो मेसी रोटी होती है आ, वो मैदे के मतलब चने के आटे की होती है ठीक है और सिंपल अपना व्हीट का आटा होता है तो ये दो तीन आटे मिक्स सोयाबीन का आटा भी मिक्स करते हैं हम इसमें तो दो तीन आटा मिक्स करके फिर इसकी दो चपाती बनती है ठीक है तो वो और साथ में एग के थ्री एग्स एक, एक बार में ठीक है तो वो अब क्लिप देख लो पहले ये वाली देखो भाई थोर थो पीछे बैठा हुए ये रखाना डिसिप्लिन देख रहे हो थोर? थोर? एट दो मिनट में खत्म कर देगा थोर इसको बहुत पसंद है ये तो ये है सेकंड मील डे की थोर की अब मैं खाना इसको खिलाऊंगा दोपहर को दो बजे के आसपास बेसिकली ये फर्स्ट मील है देखा जाए तो सुबह सुबह इसको एक क, कटोरी दही खी देते हैं जो मैंने अभी दिखा दी थी तो उसको गिनना गिणो नहीं गिरना मत गिणो बट ये मेन जो कोर्स हो गया ये फर्स्ट मेन कोर्स हो गया इसका खाना इसको खिला दिया ठीक है, है इसको हम नौ बजे भी खिला देता हूँ मैं कभी कभी दोपहर को भी यही खिला देता हूँ चेंज करके अब दूसरी क्लिप दिखाता हूँ जो मैंने उसे एक दिन बाद दिया है वो क्लिप है उसमें मैंने इसको राइस और एग दिए हुए हैं तो अब आप वो क्लिप देखो दिन में हेलो स्टे खाना रखा हुआ है स्पीक थोर स्पीक ईट ये ले थोर ये ले थोड़ा गर्म है ना तो प्यार से से थोड़ा पसंद नहीं करते राइस बट अच्छा होता है है इनके लिए पर ये खा रहा तरीके मतलब ये दिन में एक ही बार दे अगर रहे हो तो दो, दो, दो बार मत देना तो ये छोड़ देगा नहीं दो राइस सारा इसमें ठीक है तो ये तो हो गया इसके दिन के डाइट मतलब एक साथ नहीं दिया ये अलग अलग दिनों में दिया अल्टरनेट डेज में ये ऐसे ऐसे मिलता है इसको कभी चपाती के साथ मिल जाते कभी राइस के साथ ठीक है अब देखो आप डाइट जो इसको मैं आफ्टरनून में देता हूँ दोपहर का टाइम हो गया खाने का आफ्टरनून में मैं इसको पनीर और राइस देता हूँ और कभी कभी ये मेसी रोटी दे देते हैं जैसे कि आज मेसी रोटी दे रहे हैं नहीं ज्यादातर इसको पनीर राइस मतलब राइस एक टाइम मिलता है ठीक है जैसे अगर सुबह नहीं मिला तो अपने शाम को मिल जाएगा नहीं दोपहर को तो देखो ये रहा इसका खाना ये मैं इसकी हाइट के हिसाब से उठा देता हूँ इसको आसानी होगी ना खाते समय आगे मैं रात का दिखा देता हूँ क्या देता हूँ इसको मैं देख लो पनीर हमेशा इसकी पनीर है, इसकी पनीर पनीर है, है तो पनीर है है है हमेशा इसकी मतलब डेली डेली डाइट मिलता मिलता ही इसे तो वो इसको एक बार मिलता है या तो वो सुबह मिल जाएगा ठीक है सेम ये डाइट है तो सुबह मिल जाएगी ये या राइस के साथ मिल जाएगी चपाती के साथ नहीं तो राइस के साथ मिल जाएगा इसको पनीर बट पनीर डेली इसको मिले मिलेगा इसको अगर जिस दिन हम चिकन दे रहे हैं तो उस दिन इसको थ्री एग्स मिलेंगे दिन में अगर चिकन नहीं दे रहे, रहे रात को तो इसको सिक्स एग्स मिलेंगे टोटल सुबह सुबह थ्री और अपने नाइट में थ्री ठीक है डिनर में मतलब कि इसको थ्री मिलेंगे तो ये समझिए अब आप देख लो डिनर का इसका जो रात को क्या देते हैं तो इसलिए कोई डाइट फिक्स नहीं है मैं ऐसे चेंज करता रहता हूँ मतलब कि डाइट यही है कभी कुछ दे दी कभी कुछ दे दी तो ऐसे चेंज करता रहता हूँ तो इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है और इसका जो कोट है ना बहुत ज़्यादा शाइन मारता है बहुत बढ़िया कोट हो गया इसका तो ये इस वजह से ये है बाकी मेरी मम्मी और का एक्सपीरियंस है हम, हमने डॉग रखे हैं पापा और का वो पनीर ज़्यादा देते थे और पनीर से इनका जो कोट होता है ना बहुत सुंदर निकल गया था शाइन बहुत अच्छे मारता है ये तो ये देख लो फिर आप देख तो लिया आपने बताना कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी ठीक है और सपोर्ट करो जल्दी जल्दी आज मतलब हंड्रेड या मतलब एक सौ सब्सक्राइबर की कमी है थर्टी के हो जाएंगे तो मुबारक हो आप सबको और ये वीडियो देखते देखते पूरे कर दो आप सब्सक्राइबर थर्टी के पूरे कर दो अपनी आर फैमिली जो है वो थर्टी के की फैमिली होगी है और आगे आगे और बढ़ेंगे बढ़िया वीडियोज लाएँगे फिट रहो खुश रहो अरे आजा करो वीडियो देखने ठीक है ओके बाय बाय